बजरंग आपका कृपा रही तो अपना भी एक दिन मुकाम होगा और लाख की ओडी होगी और फरण शीशे में जय श्री राम होगा जय श्री राम